हेलो गाइस तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएं वो भी अनलिमिटेड और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें आप आएंगे हमारे आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे और आई जी सर्च करेंगे आई जी सर्च करने के बाद प्रोसेस होने के बाद आई जी फर्स्ट आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेस्क टॉप ज़रूर करेंगे फिर आप जाकर गो टू सर्विस पर क्लिक करके यहाँ पर वेरीफ़ाई कर लेंगे पहले अपने यहां पे फेक अकाउंट से लॉगिन करेंगे बिना अगर आप रियल अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो नहीं होएगा फेक अकाउंट से लॉगिन करके आप गो टू सर्विस यूज़र नेम डालेंगे उसमें मिनिमम बीस बढ़ा सकते हो आप एक बार में और ऐसे आप कई बार कर सकते हो अनलिमिटेड फॉलोवर्स पा सकते हो अपना यूज़र नेम डालें और क्वान्टिटी डाल के प्रोसेस कर दें आप देख सकते हो मेरा एक हज़ार चार थे और मेरे चार